आधार और वोटर कार्ड के लिंकिंग का जो प्रोसेस चल रहा था उसका हमने आपको वीडियो पहले भी जो है बना करके अपलोड कर दिया है अब हम आगे आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो मतलब रिफ्लेशन आई मिली हुई थी तो आप उस रिफ्लेशन आईडी से किस प्रकार से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आपका लिंक हुआ है कि नहीं हुआ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर रिसिप्ट भी कर देते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है और ना ही इसका कोई मैसेज मोबाइल पर आता है चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हैं हम इसका आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ये किस प्रकार से इसका स्टेटस इस चेक होगा और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी अपना आधार और पहचान पत्र लिंक के स्टेटस चेक कर सकें इसके लिए आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में लिखना है एन जैसे ही आप एन लिख करके सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ये आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस की ये वेबसाइट होगी जिसको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल भी कहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एंटर रिफ्रेशन आईडी और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट तो आपने जब अपना पहचान पत्र और आधार जब लिंक किया था तो वहां पर एक रिफ्रेशन आईडी जनरेट हुई थी तो उसका हम वीडियो आपको पहले भी अपलोड कर चुके हैं वेबसाइट पर तो आप चाहें तो वो वीडियो देख लें जो रिफ्रेशन आई जनरेट होती है उस रिफ्रेशन आई को आप यहाँ पर डाल करके देख सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है क्या प्रोसेस है लिंक हुआ है कि नहीं हुआ एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया तो इसके लिए चलिए हम आपको एक आईडी डी डाल करके दिखाते हैं तो रिफ्रेशन आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस प्रांत से हैं वो सिलेक्ट करने के बाद ट्रैक स्टेटस इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिस जि, जिसका भी रहा होगा आधार या पहचान पत्र लिंकिंग तो उसका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा उसका जो है शो हो जाएगा उसका ए शो हो जाएगा फ़तेहपुर जो भी उसकी ज़िला है वो शो हो जाएगा फॉर्म और आपने जो फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म देखिए सिक्स बी तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा और सबमिट तो आप देख सकते हैं आपने ये सबमिट कर दिया अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट अगर ये आपका एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पर भी हरे कलर का निशान हो जाएगा और अगर रिजेक्ट होता है तो ये रेड कलर पे हो जाएगा तो आप अपना स्टेटस इस प्रकार से देख सकते हैं तो दोस्तों ऐसा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जो नए विज़िटर आएँ वो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों